इतना मैं प्यार कर एक पलिव कर दिन दिन है मेरे है कोई तेरे तुझे कितना चाहने मैं जितना तुम्हें तुझे जैसे कोई तो चांद तुझना चाहे समझ तुझे जैसे कोई बच्चा खिलौना चाहे तुझे तुझे जैसे जैसे कोई कोई चाहे चाहे बच्चा खिलौना कुछ भी नहीं है आगे है तो है इसमें जिंदगी तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं न बिना कभी मुझे तू पास ले मैं दावे धनी तेरी करना बे तू है ना नान मेरे मैं क्यों में डरना बे तेरा रास्तावे धनी पे े सुने सुनेरा कि नहीं हो दिल लगना दे सोने आ, सोने बेमाई मेरा किबे नहीं हो